नमस्कार दर्शकों वृश्चिक राशि के सभी सम्मानित दर्शकों का राशि फल के अपने इस में। दर्शकों का आप लोगों जीवन में क्या क्या, क्या इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े उससे पहले इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन सा है तो आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं छह तारीख शुक्रवार दिन रहेगा और एकादशी व्रत रहेगा नरसिंह द्वादशी भी रहेगी नौ तारीख सोमवार दिन रहेगा फाल्गुन मास की पूर्णिमा रहेगी और होलिका दहन रहेगा छोटी होली भी इसी नाम से जानी जाती है आपके ज्ञान के लिए बता दें कि आप वृश्चिक राशि से संबंधित होली से संबंधित वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया आप लोग जा कर के देख सकते हैं 10 तारीख मंगलवार दिन रहेगा दर्शकों और होली रहेगी और चैत्र मास का प्रारंभ होगा वहीं 14 तारीख शनिवार दिन रहेगा और मीन संक्रांति भी रहेगी जी हाँ सूर्यदेव जो है कुंभ राशि से मीन राशि में चलायमान रहेंगे वहीं सोलह तारीख सोमवार दिन रहेगा और शीतला अष्टमी का व्रत रहेगा कालाअष्टमी भी रहेगी साथ ही साथ दर्शकों उन्नीस तारीख बृहस्पतिवार दिन रहेगा पाप मोचनी नामक एकादशी का व्रत रहेगा और आप लोग इस व्रत को रहिएगा इस दिन कोशिश कीजिएगा कि चावल का और मसूर की दाल का सेवन कदापि ना करें वहीं 25 तारीख बुधवार दिन रहेगा और चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ होगा गुड़ी पड़वा भी इस दिन रहेगा 27 तारीख शुक्रवार दिन रहेगा गौरी पूजा रहेगी मत्स्य जयंती है 28 तारीख शनिवार दिन रहेगा और विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा वहीं 30 तारीख तीस मार्च सोमवार दिन रहेगा यमुना छठ स्कंदी और रोहड़ी व्रत भी इसी दिन रहेगा तो दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार के बाद अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना क्या कुछ शुभता में वृद्धि लेकर के आया है जो भी आपने गोल सेट किए हैं क्या कि आप उनको अचीव कर पाएंगे इस माँ को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें देखिए वृश्चिक राशि जो होती है करोड़ों लोगों की है कोई पर्टिकुलर आपकी इंडिविजुअल नहीं है तो यदि आपके जीवन में वास्तविक जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो है, रही हैं इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ बर्थ समय और बर्थ के स्थान के अनुसार एक कुंडली तैयार की जाती है उसी के अनुसार सारे फलादेश होते हैं उसके सब डिविजनल चार्टर्स होते हैं दशा महादशा अंतरदशा होती है योगनी दशा होती है गोचर देखा जाता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं तो यदि आपके जीवन में वास्तव में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं तो हमसे जो है जुड़ करके मुंबई भी आ रहे हैं 28 और 29 मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है तो जो भी हमारे सम्मानित दर्शक हमसे मिलना चाहते हैं आप लोगों का स्वागत रहेगा मुंबई में आप लोग मिल सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं स्थान वगैरह कहाँ पर हम रहे हैं साथ ही साथ दर्शकों देखिए आप लोगों को एक बात और बता दें कि ये जो राशि है प्रस्तुत राशिफल आप तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि किस पर आधारित है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देखिए दर्शकों जो लग्न होता है वो आत्मा होती है और जो राशि होती है चंद्र राशि जैसे हो गई ये आपका शरीर होता है तो आपकी राशि पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप लोग अपनी जन्म राशि की प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता इत्यादि भी तनिक भी मत करिए तो इसी आधार पर हमने बनाया हुआ यदि आप लोग अपनी वास्तविक जन्म राशि से आधार जो है मतलब अनिभिज्ञ हैं पता नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ का प्लेस ड्रॉप कर दीजिए हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपको वास्तविक आपकी जन्म राशि से अवगत कराएं है। बढ़ते हैं आगे राशिफल पर जो भी गोल आप लोगों ने सेट किए हैं क्या उनको आप लोग अचीव कर पाएंगे तो वृश्चिक राशि के जात देखिए मार्च का ये जो महीना रहेगा आपके पद में आपके प्रतिष्ठा में तथा आपकी ख्याति में वृद्धि कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है फिर चाहे वो कार्य का क्षेत्र हो फिर चाहे वो पद हो ऑफिस में आपको जो है प्रमोशन से इत्यादि मिल सकता है समाज में इस माह आपका प्रभाव और प्रभुत्व और दबदबा दोनों बढ़ेगा उन्नति के तमाम अवसर वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ यदि किसी से विरोध आपका था और आपके विरोधी थे तो आपका विरोध भी समाप्त होगा और आपके विरोधी भी खत्म होंगे व्यापार व्यवसाय में वृश्चिक राशि के जातकों को निश्चित रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ जो वृश्चिक राशि के जातक ट्रेवल एजेंसी से संबंधित कपड़ों से संबंधित कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित चीज़ों का जो है बिजनेस कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता मिलेगी इस माह धार्मिक कार्यों में रुचि भी वृश्चिक राशि के जातकों को बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है पूर्वार्जित भूमि भवन का विस्तार होगा जी हां यदि आपने पहले से जमीन इत्यादि क्रय की है तो इस माह हो सकता है कि आप जो है नवीन ग्रह का निर्माण करना स्टार्ट कर दे जो लोन इत्यादि वृश्चिक राशि के जातकों के जातकों के अब तक चले आ रहे थे बैंक इत्यादि से या किसी से भी आपने इंटरेस्ट पे पैसा लिया होगा तो ऋण मुक्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है उच्च शिक्षा के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं आप लोगों का एडमिशन आई इत्यादि में पीएम इत्यादि में या मेडिकल साइंस में इन सब में हो सकता है कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी दुर्घटना से दैवीय रूप से बचाव होगा कोई ऐसी शक्ति आपके साथ रहेगी फिर चाहे वो माता पिता के आशीर्वाद के रूप में हो फिर चाहे वो आपके कुल देवी हो कुल देवता हो तो अचानक से आपकी जो है रक्षा करेंगे तो वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक मन चलाइएगा सावधानी से आप लोग वाहन चलाइए और दुर्घटना से इस इसमें बचाव होगा अनुचित कार्यों में यदि अभी तक आपका मन चला आ रहा था तो भटक जो भटक रहा था वो हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है चूंकि शुक्रदेव का भी गोचर होगा तो शुक्र का गोचर कष्टकारी होने से बाद विवाद में परिस्थितियों के वसीभूत होकर समझौतों के लिए आपको कुछ विवश होना पड़ सकता है जीवन साथी को जो है कुछ पीड़ा हो सकती है कुछ कष्ट हो सकता है शरीर से रिलेटेड मन किसी के प्रति आसक्त होगा आप अगर लव रिलेशन में हैं उसके अलावा भी किसी अनजान और जो है मतलब महिला की ओर आपका मन आसक्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो दर्शकों देखिए इस महीने में कई चीज़ें रहने वाली हैं सबसे पहले देखिए कार्यक्षेत्र आपका जो है कार्यक्षेत्र की जो स्थिति रहेगी पहले से काफी बेहतर रहेगी पहले जो स्थिति थी उसको भूल जाइए लेकिन इस माह अच्छी रहेगी साथ ही साथ कारोबारियों के लिए हमने आप लोगों को बता दिया फायदेमंद रहेगा यदि आपके आर्थिक पक्ष की बात करें तो ये महीना आपको धन से जुड़ी हुई ज्यादा समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएगी निजात दिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी हां वृश्चिक राशि वालों पारिवारिक जीवन आपका अच्छा चलेगा घर परिवार में आपके बातों की वैल्यू होगी आपकी बातों को माना जाएगा जो भी वृश्चिक राशि के जातक अपने परिवार के साथ जो है बाहर धार्मिक यात्राओं पर जाना जा, जो है जाना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं और जितने भी छात्रवर्ग हैं वो लोग इस बार जो है अपने घर से दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पढ़ाई के मामलों में साथ ही साथ नए प्रेम संबंध भी इस माह स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यदि आपने विवाह के बंधन में बंधने का फैसला किया है तो इस माह विवाह के बंधन में बनते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातक यदि आपके हम स्वास्थ्य की बात करें कि कैसा रहेगा स्वास्थ्य तो इस माह आपको कंधों से जुड़ी हुई किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है साथ ही साथ कुछ माइग्रेन की भी दिक्कत आपको हो सकती है इस माह बाहर भोजन करने से बचें जंक फूड से आप एवॉड करें अन्यथा कि आप लोग कोई बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं क्योंकि तो महीने का जो अंतिम सप्ताह रहेगा उसमें आपको स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीज हो सकती है और पेट से रिलेटेड हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए प्रातःकाल जल्दी उठ करके आपको सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र का एक बार जाप करना रहेगा नित्य प्रतिदिन आपको श्री सूक्त का पाठ करना रहेगा माँ लक्ष्मी के समक्ष एक तिल के तेल का आप लोग दीपक जला सकते हैं और उसके बाद प्रतिदिन श्री सूक्त का आप लोगों को पाठ करना रहेगा तीसरा प्रयोग है दर्शकों आप लोग इसको कर लीजिएगा कि शनिवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि काले तिल का दान आप लोग धर्म स्थान में जाकर के कर सकते हैं चौथा प्रयोग और हम आपको बता दे रहे हैं सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को जरूर करिएगा और जो समफुट लगाना होगा आप लोग नोट कर लीजिए कौन सो काज कठिन जग माहि जो नहीं होए तात तुम पाही ये जो संफुट आप लगाएंगे इस संफुट से जो आपके काम रुके हुए हैं वो पूरे होंगे हनुमान जी पूरे कराएंगे या यदि आप सुंदरकांड नहीं कर सकते हैं तो इसी जो है जो मतलब हमने भी बताया हुआ है जो चौपाई बताई है कौन सो काज कठिन जग माहि जो नहीं होए तात तुम पाई इसको आप लोग एक बार पढ़िए आप लोग खुद देखेंगे कि हनुमान जी महाराज की जो है कृपा आप पर बरसेगी ही बरसेगी चलिए दर्शकों इस माह के शुभ दिवस पर आ जाते हैं इस माह के जो सर्वाधिक शुभ दिवस रहेंगे आठ तारीख रहेगा चौदह तारीख रहेगा सत्रह तारीख रहेगा अट्ठारह तारीख रहेगा बाईस तारीख रहेगा सत्ताईस तारीख और अट्ठाईस तारीख वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो देखिए एक तारीख है दस तारीख है 21 तारीख है 26 तारीख है और इकतीस तारीख है ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे वहीं भाग्यशाली रंग पर यदि हम जाएं, आपके भाग्यशाली कलर पर जाएँ तो रेड कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा ऑरेंज कलर भगवा कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा वहीं यदि हम लकी आपके नंबर पर जाए भाग्यशाली अंक पर जाए तो अंक एक और अंक नौ ये दो अंक हैं जो आपके लिए सर्वाधिक भाग्यशाली रहेंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से अवगत करिए 28 और 29 मार्च को मुंबई में आकर के आप लोग हमसे मिल सकते हैं अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों पसंद किए हुए इस वीडियो को तो लाइक तो बनता ही है साथ ही साथ बगल में बना जो है सब्सक्राइब का भी बटन दबाइए और बेल आइकन भी आप लोग दबाइए इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिएगा आप लोग यदि टेलीफोन के माध्यम से भी हमसे बात करना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार भी